क्या आप लोगों को पता है उन्नीस सौ में दस ग्राम सोने की कीमत पचानवे तो रुपए से भी कम थी इतने में आज दो लीटर दूध भी नहीं आता